आप भी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं और इसे डेवलप कर सकते हैं कर सकते हैं, टोटली टीचर दिया गया लेकर इसका बैकग्राउंड भी लगाने तक के लिए वीडियो अपलोड करने का प्रोसेस बताया हाँ गया है तो वीडियो को लास्ट देखिए पसंद आता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए चलिए तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से हम यहाँ से मैंने अपना चैनल को ओपन किया हुआ है तो इस प्रकार से आप टोटली अपने चैनल को अरेंज कर सकते हैं बनाकर करके इसका था टोटली लगा सकते हैं तो यहाँ पे आपको मेरा स्क्रीनशॉट हो रहा है मोबाइल का आपको अपने मोबाइल फ़ोन में क्या करना पहले यूट्यूब को ओपन करना होगा यहाँ से यूट्यूब ओपन करने के बाद से आपको आ जाना है यहाँ पर अपने आइकॉन पर क्लिक करना है जो होता है प्रोफाइल डाटा हमको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस हो करेगा यहाँ पर क्लिक करने के बाद चाहते हैं न्यू बनाने के लिए अपना चैनल तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद से आपको नीचे ऑप्शन मिलता है यहाँ पर ऐड चल होगा इसमें आपको जितना ईमेल मेल और टोटली यहाँ पे शो करके हम चाहते हैं न्यू बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस वाली पर जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तब ये डाटा को यहाँ पे मैच किया जाएगा तो वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा उसके बाद आपको सामने कुछ स्टेप इंटरफेस होगा यहाँ पे बोल रहा है आपको अपना चैनल बनाने के लिए क्लिक करेंगे यहाँ पे क्रेडिट एक अकाउंट पर फिर आएंगे करेंगे यहाँ पर फोर माई सेल्प यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिए तो फिर बोलेगा आपको यहाँ पे अपना नाम डालने के लिए तो नाम आपको वो डालना है जो चाहते हैं आप अपना चैनल का नाम रखने के लिए यानी यूट्यूब चैनल का जो नाम बनाना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे डालिएगा अपना नाम डाल दीजिएगा वो नाम रहेगा यहाँ पर चैनल का तो यहाँ से हम नाम डाल दे रहे हैं जो चाहते हैं अपना बनाने के लिए जिस नाम से हमको बनाना है चैनल यूट्यूब पर उसको यहाँ से डाल देंगे फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले पे तो थोड़ा सुधार कर लिए इसमें इतना हो गया अब यहाँ पर क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट पे जैसे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा बोलेगा अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करने के लिए यहाँ आती है डेट ऑफ बर्थ आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं इतना इसमें फिर इसमें हम कुछ यहाँ पे चूज़ कर लेना वैसे ही डेट अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है यहाँ डाल दीजिए उसको फिर बोला यहाँ पर अपना जेंडर चूज करने के लिए जेंडर चूज कर लीजिएगा फिर क्लिक लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप सामने कुछ इस टाइप इंटरफेस होगा बोलेगा इसमें से आप किसी से यूज़ करना चाहते हैं जो ई मेल चाहते हैं ले सकते हैं ये चाहते हैं आप अपना खुद का ई चूज करने के लिए बनाने के लिए तो आपके सामने यहाँ मिलता है एक और ऑप्शन है उसको भी ले सकते हैं लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पे करेंगे यहाँ पे थर्ड पर क्रिएटिव ऑन ईमेल अकाउंट तो यहाँ पे आपको जो ईमेल पसंद पड़े उसको आप रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग अपना ईमेल मेल यहाँ पे रख लीजिएगा बस इतना ध्यान दे कि वो ईमेल कोई और नहीं लिया हो या नहीं रेड कलर में नहीं होना चाहिए तो अपने अकॉर्डिंग जो आप चाहते हैं ई बनाना अपना ई एड्रेस उसको बना लीजिएगा अपने चाहते तो अपना चैनल का नाम बना लीजिए अपने नाम डाल लीजिए जैसे तो कोई दिक्कत नहीं बस चैनल का नाम वही रहेगा जो आप नाम डाले हुए हैं ईमेल आईडी में आप कोई भी नाम कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं इसमें इतना करने हैं क्लिक करेंगे नेक्स्ट वाले पे नेक्स्ट पर जैसे क्लिक लिया तो आप बोल रहे पासवर्ड चूज करने के लिए आपको अपने इस ई के लिए एक स्ट्रॉन्ग एट डिजिट एट का यानी एट अक्सर का पासवर्ड बनाना पड़ेगा जिसमें आपको नंबर अल्फाबेटिक टोटली डालाना चाहिए सिम्बल बनाना चाहिए इतना करते हुए टोटली नेक्स्ट बढ़ेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे चैनल का नाम आ गया है नीचे आपको ईमेल ई कर रहा है दोनों पे आ क्लिक करेंगे नेक्स्ट वाले पे जैसे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो फिर आप करना आई पे क्लिक कर देना है तो इतना क्लिक करने के बाद से आपका जो यहाँ से था वो सक्सेसफुली आपका चैनल बन चुका है देख सकते हैं यहाँ पे आ चुके हैं चैनल इसको कर ले रहे हैं यहाँ से तब को यहाँ से अपना चैनल इस प्रकार से इस बना सकते हैं तो साइनिंग कर लेना है साइनिंग करने के बाद से आप यहाँ पे अपना चाहते हैं तो चैनल का लोगो डाल सकते हैं तो पहले यहाँ पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे ये है यहाँ करना इसको कर क्लिक लिया करियेट चैनल पे तो आपका जो ई मेल था वन चुका है चैनल यहाँ पे थ्रो दे सकते हैं यहाँ पर सब्सक्राइब का ऑफ्शन आ गया है वीडियो प्ले तो टोटली यहाँ से ओपन हो चुका है इस टाइप से तभी कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ है कोई व्यू नहीं हुआ अब यहाँ पर क्योंकि जस्ट वही सब हम बना रहे हैं तो अब यहाँ से हम कर रहे हैं पहले अपना लोडो डाल रहे हैं अपने चैनल का जो होता है आइकॉन क्लिक करेंगे यहाँ पे मैनेजर अकाउंट पे जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो बोलेगा यहाँ पे आपको अपने लोगो डालने के लिए तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए तो यहाँ पे क्लिक करना है फिर जाना नीचे यहाँ पे चूज फोटो आप अपने डाटा में जहाँ पे रखे होंगे आपने गैलरी में अपने आइकन को अपने लोगों को उसको यहाँ से सेट कर लीजिएगा तो यहाँ से हम चाहते हैं अपना चैनल बनाने के लिए जो लोगों कुछ तो इस टाइप का हम बनाकर रखें आप को तो आपको जो रखना हो यहाँ पर अपना वो रख लीजिएगा इसको सेट यहाँ से कर लेना है एक्सेप्ट तो आपका जो चैनल का था यहाँ पर लोगो चेंज हो जाएगा कुछ देर में इसको तो बैक करते हैं यहाँ से इसमें चाहते हैं तो आप जब चाहें अपना नाम इसमें चैनल का नाम भी चेंज कर सकते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आके इसको चेंज कर लेना है तो आप चैनल का नाम भी चेंज कर सकते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे लोगों चेंज हो चुका है यहाँ पर आ गया है आर्या कृष्ण के लोगों और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अपने आप तो चैनल का नाम एट टाइम को भी चेंज कर सकते हैं तो यहाँ से अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं जो अपनी ये हो गया आपका टोटली इन्फॉर्मेशन होता है जो पर्सनल डिटेल्स में मिल जाएगा आपको अब हम देखते हैं यहाँ से वीडियो अपलोड करने तो का प्रोसेस क्या है हम किस प्रकार से कोई वीडियो को अपलोड कर सकते हैं अपने चैनल के थ्रू तो यहाँ पे आ जाएंगे इसे क्लिक करेंगे यहाँ पर नीचे ऑप्शन आप मिलेगा आपको यहाँ पर प्लस का तो यहाँ पर क्लिक कर लेना है इसमें से आपको जो वीडियो अपलोड करना हो अपने मोबाइल फ़ोन से डाटा में उसको चूज़ कीजिएगा यहाँ से तो उसके बाद से आपको यहाँ वीडियो का एक टाइटल डालना पड़ता है जिससे कि लोग उसे सर्च कर पाएँ तो जो चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग इसको वीडियो जिस टॉपिक का हो उसके इमोशन के हिसाब से उसके यहाँ पे डाल दीजिएगा उसका नेम जो होता है टाइटल तो यहाँ से हम एक थोड़ा टाइटल डाल दे रहे हैं एज वेल तो ये हो गया यहाँ से मतलब नीचे आ रहे हैं नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में डालने के डिस्क्रिप्शन में चाहते हैं तो वहाँ पे वीडियो से रिलेटेड यहाँ से कोई भी टैग हो डाल सकते हैं कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं चाहते हैं उस तो पर आप स्क्राइप कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं सभी नीचे आते नीचे दिया हुआ अपने वीडियो को क्या करना चाहते हैं पब्लिक करना चाहते हैं यहाँ पर आप किसी को लोकेशन को चूज़ कर सकते हैं तो इतना नहीं करना है वो सिंपली यहाँ से कर रहे हैं अपलोड तो अपलोड पर क्लिक करने के बाद से आपका वीडियो ऐसे अपलोडिंग में चल जाएगा टैग जो था वो टैग ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलता है टैग ऑप्शन के लिए आपको यूट्यूब से वो हो जो होता है हमारा यूट्यूब का एक वाइटी स्टूडियो उसको लोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से उसमें आप टैग का और थमनेट उसे लगा सकते हैं तो इस प्रकार से इजीली आप अपना कोई भी वी वीडियो यूट्यूब से और अपलोड कर सकते हैं और चैनल को बना सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट थैंक यू